ओ करम बुराया है, है तुझे मुझसे मिलाया है तुझे मुझ सुन लाया तुझे मर गई तो तुझ पर मर गए तो, मुझे जी आया, आया है कोई दिल बेकाबू कर गया और इसका दिल में भर गया तो तू वाला को गला कर गया है और तो भर गया शुदा ही मुझे कर गया The so दिल मेरा राम जी डोरियों डोरियो डोरियो से तो बात ले पक्की यारियों यारियों यारियों फास ले नाराजगी कागजी सारी दे सोने सुन दिया गल चंगे बैके अखू मिला के दिल दिया रंगा